छतरपुर पुलिस ने जिले की सभी बैंकों के सिक्योरिटी सिस्टम को चेक किया चेकिंग के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं को देखा ताकि बैंक में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और बैंक सुरक्षित रहे बैंकों के सुरक्षा के मद्देनजर छतरपुर पुलिस ने आज जिले में चल रहे बैंकों के सिक्योरिटी सिस्टम को चेक किया एसपी सचिन शर्मा के आदेश आरोप एक टीम गठित की गई और बैंकों में चेकिंग शुरू की गयी टीम ने जिले में चल रहे सरकारी और प्राइवेट बैंकों में जाकर उनके सीसीटीवी सिस्टम सहित बैंकों के लॉकरों की सुरक्षा की जानकारी ली और उन्हें एक रजिस्टर में दर्ज किया ऐसा सभी बैंकों में किया गया ताकि बैंक में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका ना रहे और बैंक सुरक्षित रहे ये रूटीन में हमारी है कि जितने भी नॉन बैंक, बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो सभी की चेकिंग की जाना है इसी तारतम्य आज एस पी सर ने पूरे जिले में निर्देश दिए थे कि आप आ, सभी ऑफिसर्स बैंक में जाए चाहे नेशनलाइज बैंक हो प्राइवेट बैंक हो सभी बैंकों के पास जाएं और बैंक में जा कर के उनके सिक्योरिटी सिस्टम क्या क्या है उसको चेक करें उनको वेरीफाई करें और जहां उनको गाइडेंस की आवश्यकता हो रही है उनको गाइडेंस दें और एक दूसरे से जैसे रिलेशनशिप भी बढ़ता है लाइफ बढ़ती है कॉन्टेक्ट रहेंगे तो निश्चित हमारे ये सिक्योरिटी सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करेगा वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें